मैं जानती थी कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और अब मैं चाहती कि हम एक हो जाएं। भीगे भीगे लगते हैं फिर भी प्यासे कैसे कहूँ कैसे लग राम हम तो बिछड़े हमसे जेरा तेरे से जिया